ज वेलकम बैक टू क्राफ्ट चैनल आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे वेरिएबल्स को ये हमारी अर्डिनो कोडिंग सीरीज का सेकेंड पार्ट है अगर आपने मेरे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना अगर आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल टू अदर पीपल हु वॉन्ट टू नो द अर्डिनो कोडिंग सो बेसिकली चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड uh, पार्ट तो सबसे पहले आपको अर्डिनो आईडी प्रोग्राम को लेना है अब वाइज ये किसी पे भी चल जाएगा पर थोड़ी दिक्कत आएगी आपको प्रोग्राम में तो मुझे नहीं पता तो पिछले आ, हमने जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें तो वाला कमरा था आज हम एक न्यू समझेंगे तो बेसिकली हमें खोल देंगे अब वाइज वेरिएबल्स मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ जैसे मेरे पास ये आ, मेरे पास एक ये फोम है बेसिकली अब वाइज मुझे सपोज करें इस फोम को इसमें Uh, मैंने एक बॉक्स है मेरे पास एंड uh, मैंने उसे उसके अंदर डाल के स्टोर कर दिया अब जब मैं किसी को मैं जैसे मैंने अपनी मदर को कहा कि मुझे ये uh, कि इस जगह पर वो रखा है तो बेसिकली ये ही वेरिएबल्स हैं जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली जो वेरिएबल होंगे जैसे अब मैंने यहाँ लिखा int वेल वेल well, लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हुँ? जैसे मैंने लिखा के आर इक्वल्सिकली so अब, अब जब मैं, जब मैं यहाँ पर जहां पर भी अब जैसे मैंने यहां पर मैंने लिखा पिन मोड पिन मैंने लिखा है यहाँ पर पिन मोड के आर सो so बेसिकली अब यहाँ टेन लिखा हुआ है क्योंकि मैंने के आर के अंदर टेन वेरिएबल स्टोर कर दिया है टेन बेसिकली एक वर्ड है जो कि मैंने के आर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है अब गाइस ये तो है यूनिवर्सल वेरिएबल अब गाइज सपोज करिए मुझे सिर्फ वर्ड सेटअप के लिए ही यूज करना है तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पर सपोज करिए मुझे मैंने से अभी मैंने क्लियर कर दिया तो so बेसिकली ये जो है ये तो सिर्फ हर जगह के लिए यूज़ होगा तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि अब सपोज़ करिए मुझे सिर्फ वर्ल्ड सेटअप में एक वेरिएबल यूज़ करना है तो बेसिकली अब सिर्फ वर्ल्ड सेटअप के अंदर ही यूज़ होगा अगर मैं इसको यहाँ अंदर लिख दूंगा इसके और गाइज अगर मुझे वर्ल्ड लूप के लिए यूज़ करना है तो मैं इसके नीचे लिखूंगा अब ये कैसे काम करता है वेरिएबल्स मैं आपको कराता हूँ बेसिकली वेरिएबल्स बहुत काम आते हैं बिकॉज सपोज कीजिए कि हमें एक बहुत बड़ा कोड लिखना है तो बेसिकली हम अलग अलग नाम से हमें एक बार ही टेन यूज़ करना है तो बेसिकली हम के आर लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा फिर कोई और वेरिएबल तो वेरिएबल स्टोरिंग ले होते हैं इंट वेरिएबल नहीं होता है सिर्फ और भी वेरिएबल होते हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस के अंदर बताऊंगा जब मैं वे, वेरिएबल्स को और अच्छे से आपको डिफ़ाइन करूंगा तो बेसिकली ये इंट जो है इसके अंदर क्या हो चुका है अब मैं सपोज करिए इसको मैं मिटा देता हूँ वैसे मैं कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए ये चीज़ें इसलिए मैं करता नहीं बेसिकली अब मैंने यहाँ पर लिखा इंट अब मैं यूज करूँगा अब जब अगर मैं इसमें लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा बेसिकली ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी अगर मैं इसके अंदर कहीं यूज करता हूँ तो वो सही है बट गाइस एक चीज़ आप ध्यान रखना जो अगर हम वर्ल्ड सेटअप से कोई ऊपर एक वेरिएबल बना रहे हो तो यूनिवर्सल है और ये सिर्फ लोकल वेरिएबल है ठीक है दोनों नाम समझ आ गए यूनिवर्सल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल ये वर्ड सेटअप के लिए यूज़ हो, होगा अगर मैं इसको सपोज uh, कीजिए मैंने इसको मैं अभी अभी मैं डिलीट कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँगा इंड डॉग फोर। so लूप के लिए होगा। और कहीं जगह यूज नहीं होगा इतना ही था कि आज हमने समझा क्या होते हैं वेरिएबल्स है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर देना